रीवा के कुलदीप सेन का अंतरराष्ट्रीय कुलदीप न्यूजीलैंड के साथ होने वाले द्विपक्षीय सीरीज में अपना जौहर दिखाएंगे इसके पहले दुबई में हुए एशिया कप के लिए भी भारतीय टीम के 18 सदस्य टीम के लिए कुलदीप का चयन हुआ था मगर वहां पर उन्हें खेलने का अवसर नहीं मिला था कुलदीप के इंडियन टीम में आने से उनके परिवार के लोग काफी खुश नजर आए रीवा की गलियों में क्रिकेट खेलकर अपनी धार को मजबूत करके कुलदीप सेन अब विदेशी सरजमी न्यूजीलैंड में भारत की तेज गेंदबाजी का प्रतिनिधित्व करेंगे जिसके लिए कुलदीप सेन का अंतरराष्ट्रीय में चयन किया गया है न्यूजीलैंड के साथ होने वाली द्विपक्षीय वनडे सीरीज की पंद्रह सदस्य टीम में कुलदीप को शामिल किया गया है लंबे समय से बेहतर प्रदर्शन कर कुलदीप लगातार सिलेक्टर्स की नजरों में बने हुए थे जिसके बाद आखिरकार उनके प्रदर्शन का फायदा उनको मिल ही गया और सेलेक्टरों ने न्यूजीलैंड के लिए होने वाली द्विपक्षीय सीरीज में उन्हें जगह दे और फिर वे ईरानी ट्रॉफी में शेष भारत की टीम में चुने गए फाइनल मैच में उन्होंने सौराष्ट्र की टीम के लिए आठ विकेट लेकर अपने प्रदर्शन की छाप छोड़ी पिता ने लगातार उन्हें प्रोत्साहित किया जिसके दम पर आज विदेशी सरजमी न्यूजीलैंड में होने वाली भारतीय टीम की द्विपक्षीय सीरीज में उन्हें शामिल किया गया है कुलदीप के पिता रीवा में सैलून की दुकान चलाते हैं कुलदीप के सिलेक्शन होने पर उन्होंने खुशी जाहिर की है ये तो हमको कल है वो कॉल किए हैं कि मेरा इंडिया टीम में हो गया है पिछले बार एशिया कप में दुबई गए थे नेट के रूप में इस बार तो मैन टीम ने ले लिए हैं वनडे के लिए और शायद है कि न्यूजीलैंड जाएं हो तो गया अब हम तो काफ़ी खुश हैं अच्छा महसूस कर रहे हैं कि उनकी मेहनत सफल हुई पहले आईपीएल में हुआ था फिर इंडिया ए टीम में खेले इंडिया ए टीम में खेले रेस्ट ऑफ इंडिया में खेले इसी साल खेले हैं हाँ तो उनको तो हम हरदम यही कहते रहते हैं कि हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया करो ताकि सफलता मिलती रहे उनकी रुचि शुरू से ही थी वो पढ़ने भी जाते थे तो चोरी चोरी स्टेडियम में क्रिकेट सीखा करते थे